बिजली में कड़क के कितनी होती बेईमान बदरिया का जाने बिजली में कड़ के कितनी होती बेईमान बदरिया राजने कड़क कितनी होती बिजली में कड़क कितनी होती माने बदरिया का जाने माने बदरिया का जाने मन का मन का तो कसके मन ही जाने मन का तो कसके मन ने जाने, अनजान नजरिया का जाने बिजली में जान बिजलीतनी हो बैमान बदरिया का जाने बिजली में बेचने वाले, खरीदने वाले बेचने वाले खरीदने वाले कुछ भावे, अभाव समझते हैं बेचने वाले खरीदने वाले कुछ भावे अभावे समझते हैं गैठरी, गैठरी का मोले अलग गैठरी गरी का मोले अलग सुने साने बजरिया का जाने बिजली में कड़क कितनी हो माने बदरिया का जाने बिजली में जब भोरे किरण ऊपर हार भरे जब भोरे किरण ऊपर हार भरे धरती के अंगना बिहसते हैं जब भोर किरण इसी को अगर सुबह में लोग गाते हैं भयवी राग में कैसे बनाते हैं इसको जबी भो, जब भो जब भो हार भरे धरती के अंगना बिहसत है साय बोले सायंग बोले बहुते, बहुते। जजमाने का जान बिजली में कहते कितनी होती बैमान बदरिया का जानली में जोरे जवानी की आती जब जोरे जवानी की आती अखियन में अंजन रच जाता जब जोरे जवानी की आती में अंजन रच जाता अखियन में अंजन रच जाता कब पाँव व पिराए राही थे कब पांव पिराए राही थे वो पसाने डगरिया का जाने बिजली में करके कितनी होती बेईमान बदरिया का जाने बिजली में होते बेहमान बदरिया का जाने बिजल बिजल बिजल बिजल का जान माने बदरिया का जान मन का तो कसके मन ही जाने मन का तो कसके के मन की जान अनजान दरिया का जान में करके की नहीं होती, बईमाने बदरिया का जाने बिजली में करके की नहीं होती, बिजली में करके की थे नी होती